से होकर गुजरेगी ट्रैफिक के कारण रास्ते नहीं पता हमको बट फिर भी कहीं तो निकलेगा यह रास्ता कुछ बहुत साल पुरानी यादें याद से स्कूल के बोर्ड पर की में हम हैं। और ये जानी-पहचानी जानी-पहचानी जगह हमारी बात बंद है? है कि नहीं कहां पे बहुत रोड ऊपर से ले लो एंगल सिटी कॉलेज इधर तरफ यार आज सिटी कॉलेज पे चलते हैं चलो और ये अपने पुरानी जगह पर घूम रहे हैं दर्शन करते हुए और सुनना मौसम होता हुआ सर्दी के मौसम में निकलते निकलते नहाते धोते हमको यहाँ पर दो ही बज गए हैं सिटी सिटी कॉलेज यहाँ पर हमारे बोर्ड हुए थे मेरे और जयपिंग के क्या सिटी कॉलेज का रास्ता इधर से जाएगा इधर से ही जाएगा बट हम सिटी नहीं पहुँच सकते ऐसा लग रहा है मेरे को अनजान दगरों नहीं हम सिटी नहीं जाएंगे जब नहीं राइट था और ये सही रास्ता बताया हमारे गाइड ने फिर लेफ्ट सिटी कॉलेज हो हो आखिरकार रास्ते में ले जा ही रहे हैं सिटी कॉलेज की वो ये रहा हमारा सोनाली पुल दिखता है वाह काफी वाँ, ये देखिए शहर के अनसुनी नहीं नई कलोनिया बसी हुई है से खेत और, और जैसे की आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर सोनाली पुल का बहुत अच्छा नजर नदी दिख रही है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत अच्छा चलो चलते हैं सोनाली पुल पे पेड़ी शहर की सबसे मेन हाँ में से एक गंगा कैनाल इसके लेफ्ट में अपना सिटी बसा हुआ है और हमारे लेफ्ट साइड में हमारे दिखाई के कैमरा में सोनाली पार्क बसा हुआ है जो कि चर्चित है अपने दर की वजह से और खूबसूरत यहाँ पर आपको टिकटोकर्स वगैरह सब मिल जाएगी दिखाना चाहिए अपने व्यूर पर ही देखिएगा लेकिन राइट साइड में भी ना कर हमारे शहर की मेन हाइलाइट तो आज वैसे भी वीकेंड कैंड है एक, एक तो आपका एक एक एक ब्लॉक हो गया एक बार हमारे कैमरामैन कैमरा मैन भी यहाँ पर अपना स्टैंड दिखा रहे थे कुछ कहाँ पर थे सर यहाँ पर इधर इस साइड इस साइड पर खड़े थे और देखिएगा ये यह यहाँ से पानी जाता है इस कैल में पूरा ब्रिज ब्रिज है चारों तरफ ब्रिज इधर और ये जो हम आपको कह रहे थे हम इसके बैक साइड में थे उस टाइम पर जो हम बता रहे थे आपको और थोड़ा सा एंगल दिखाएंगे नीचे से उतर के